नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मखी चैनल पर भाई कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है मैं एक तड़कते वड़कते प्ले में भी और हम जाएंगे ओल्ड वेसन और हमारे साथ खेल रहे हैं एसएसपी निंजा आरपीएस निंजा और किलर यस और हम ठीक है तो हम ओल्ड उतरते हैं ओल्ड वेसन ओल्ड वेसन में रेडिंग करते हैं और इतने यहाँ पे किल होते हैं कि आपकी फटी की फटी रह जाएंगी आखें तो तरती हैं दो स्क्वाडे तो बस देखते रहिए और हमको यहाँ पे यूजी मिल जाती है पैन कॉलर मिल जाती है और ये बंदा डिसकनेक्ट होकर खड़ा रहता है तो हम कहते हैं निकल भैया लॉबी भी खुद तो हमारे टीम में उसको हम उसको मार देते हैं हमारे टीम में तो उसको फिनिस कर देता है तो हम उसको ज़्यादा नहीं कष्ट देते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं स्क्वाडे लेकर तो बंदों को खिलोते हैं तो बस चलते हैं और यहाँ पे तो भाई इतनी स्क्वाडें उतरी थी कि बस देखो हम कितने किल करते हैं तो है ये है कि हम इस हवा में भी खेल लेते हैं तो क्योंकि किल चोर यहाँ पे बहुत थे और ये भी किल चोरी हो गया मेरा भैया तो कहा बताएं कितनी चोरी होती है और ये अब भैया पता नहीं कौन हम लगा के आ गया है उसको भी चलते हैं कष्ट होंगे उसको भी तो तीन कुल यहाँ पर हो जाते हैं और भाई इतनी इसका आती हैं इतनी इसका आती हैं कि बस देखो रहते हैं तो बस देख कर तो ये हमारा दिल्ली और कुछ ना देखिए ये दोनों को मार के फिनिश करते हैं भैया उनको भी फिनिश करते हैं भैया जराइल इतनी अच्छी गई मेरी दिल बो भैया समुद्र में तो इन डराइल को छोड़ के एक उठा लेते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं हेलमेट मिलो यार भैया हेलमेट मिल गया यार मेरी मेरा खोपड़ा किसी ने फाड़ देगा वरना कोई को मतलब तो यहाँ पे हमको एक ही में उनकी एमओ बहुत मिल रही लेकिन मुझको एक ही मतलब हेलमेट कौन गन लेकर रहा है और हमारे यहाँ पे फिर आगे कोई किसी को मार रहा है या आर पी है दो नंबर वाह तो चलते हैं फिर अपने गेम्पले की तरफ और आगे होती है जो आगे आपको गोली के निशान आगे होंगे जिधर ड्राफ्ट गिर रहा होगा तो उसको भी मार के उसका किन चुराते हैं फिर बाद में कुछ देखते हैं तो, तो उसको भी नहीं चुराते हैं ज़्यादातर तो हम चलते हैं ड्राफ्ट नीचने क्योंकि ड्राफ्ट में होती है क्या क्या भाई आप लोग गैस लगाइए क्या होती है ड्राफ्ट में अब पे हम हेल्थ वेल्थ उठा के भैया इतना लेक कर रहा है भाई पिंग देख लो यार थोड़ी सी पिंग देख लो 400 की पिंग 300 की पिंग अब जब आएगा अच्छी पिंग आ गई या थोड़ी सी तो हम चलते हैं अब भैया बताओ ना यार देख लिया के बताओ कि ग्राफ में क्या होगा तो मैं बताता हूँ ऑग होगी भैया आग ही हो यह है निकल आई आपको चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर जाकर शेयर करना होगा बेलाइक को ऑल पे कर दो इसमें तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और हमारा दूसरा चैनल भी है सर्वेश कुमार तो उसको भी सब्सक्राइब करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करो उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना उसमें नोटिफिकेशन आपको जल्दी से तो मिल जाए भैया तो ये किल हमारा कोई चोरी कर लेता है तो हमको बुरा नहीं लगता हमारे तो सौर भाई आ गए हैं कह रहे हैं बुला रहे हैं हमको आ आ तो हम यार।, तो रहे है यार तो हम कहे नहीं आएंगे भैया तो वीडियो बना रहे हैं यार फिर पे हमारे आठ किल हो जाते हैं तो बस तरह कितने किल होते हैं बस लास्ट तक तो यहाँ पे बग्गी को मार रहा हूँ यार बिख रहा बंदेगा लेकिन मैं बग्घी भी मार रहा हूँ तो फिर मैं देखता हूँ तो तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो आप लोग लास्ट तक देखने के लिए इसीलिए मैंने लंबा वीडियो बनाया आप लोग लास्ट तक देखते तो हैं देख तो, आपका कुछ नहीं समय निकाल यार प्लीज मेरा भी देख लिया करो यार तो गॉड भाई देरी बहुत मैसेज कर रहे हैं की आओ भैया बरनाम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं हम तुम्हारे साथ बोलेंगे नहीं तुमको उनको हम एक साल बोलेंगे नहीं तो हम कहते हैं भाई लुक जाए वीडियो बना ले तो यहाँ पे लूट वूट करते हैं और हमारा हो जाता है बैकपैक फुल और यहाँ पर हम जैसे ही बंद लोग मतलब अप, अपने टीममेट को हमारे कोई बैठ ही नहीं रहा है यार सबको पी पीप पीप कर रहे हैं फिर भी कोई बैठ ही नहीं रहा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो यार लाइक करो पर एक हजार सब्सक्राइब करें जिसमें आपको हम विमें पास दें यार अच्छा लगे हमको भी और हम भी मेनर पास में तो फिर एक कोई नहीं आता है तो हम चलते हैं यहाँ से तुरंत ही भाई यार कोई बैठ जा यार तीन नंबर दो नंबर चार नंबर यार कोई लोग आ जाओ भाई आ जाओ और मैंने अपना नाम चेंज कर लिया देख लो गौसाल मक्खी वाइटी भाई वाइटी जैसा नाम तो लिया लेकिन फिल नहीं करते यार हम तो फिर अब बंदे आ ही नहीं रहे हमारे तो हम कहते जाओ हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं नहीं है, नहीं, है, नहीं हम जा रहे हैं तो हम चले जाते हैं भैया बैठ जा तीन नंबर गुस्सा क्यों आ रहा तो यहाँ पे तो भाई ये बोट मारने में आर पी सी निंजा भैया इतने बोट में क्योंकि ये बोट ही हरदम मारा करती है भैया भी है वो भी बोट मारा करता है सिर्फ हम दो लोग रियल हैं हमें यस यस टीम गया और मैं दो ही लोग भरोसे पे हैं और भाई ये ए, दो नंबर के ना सहारे हैं ना चार नंबर के सहारे क्योंकि ये दोनों मरवा डालेंगे इनकी बोट है दोनों लोग भाई और फिर हम यहाँ से यार कोई बैठ ही नहीं रहा था तो यार एक किल लेकर नौ किल लेकर यहाँ से निकलते क्योंकि यार बंदे हमको चाहिए थे क्योंकि हमको कि करना था पचीस तो हम जाएंगे टेलर बड़गाँव करके तो भाई चल मेरे टीम चल रहा है बनना मेरा जाता हूँ फिर उसको उड़ लेता हूँ फिर मैं कुछ नहीं होता मोटरसाइकिल हमारे में फोक देता है भैया बोट चिट्टा के हमारे मोटरसाइकिल टोक देते हैं हमारे यहाँ पे दस किलो जाते हैं तो हम यहाँ से निकलते यार कोई बैठ ही नहीं रहा हमारी टीम बहुत ख़राब थी यार मेरी टीम होती है मेरी टीम देखो किलर आकाश किलर आंसू और भाई गोसाल मक्खी जो मैं बताता हूँ और गोसाल मक्खी वाली टीम में ही, ही ये सब चारों लोग मिलकर खेलते हैं हम लोग तब हमारी कुछ चिकन विकन होता है इनके साथ कुछ नहीं होता ये देखो अलग अलग घूम रहे हैं इतनी देर बता रहे हैं गाड़ी में बैठ कर मन का अपना कर रहे हो तो हम यहाँ से निकलते ही जैसे और भाई पूरी स्कॉट लपके आ जाती है क्या बताया यार आवाज़ की आँखें फटी की फटी रह गई यार तो अब देखो अब क्या होता है बड़ा बहूँ बड़ा बहू बड़ा बहूँ बड़ा बहू तो यहाँ पे मैं कूदता हूँ भाई तो फैन के हमारी हेल्थ चली जाती तो पेन पिलर मारते हैं पहले और यहाँ पर दस किलो जाते हैं सत्रह बंदे होते हैं हम चारों लोग भी ज़िंदा होते हैं आखिरी तक देखिए दो भी लोग जिंदा होंगे तो हम और जोन हमारे देखो दो बोट मर जाते हैं हमारे में जोन हमने बताए और हम और यस एस पी निजा बजते हैं दोनों लोग और ये दोनों बोट मर जाते और फिर हम कुछ बुलाते तो भी नहीं आते तो हम यहाँ से यार निकल ही जाते हैं, और फिर से यार निकल जाते हैं गुस्सा आती है ना जब आते नहीं यार गुस्सा बहुत तगड़ी आती है तो मैं गलता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ कि भैया ए डब्ल्यू एम का पट पट पट पट चल रही है ऑटो तो चला रहा है ए डब्ल्यू एम को तो मैं यहाँ पे उतर ही जाता हूँ पहली फुरसत में आए उतरता बे, उतर जा ना तो हम यहाँ पे गाड़ी चला ही रहे थे, कि ए डब्ल्यू एम का शॉर्ट सुनते हैं तो अब उनको देखो किस तरह मिलते हैं तो यही चीज़ क्या है तेरी इसको भी हैं, फिर देखते हैं डब्ल्यू एम देते हैं ए देते, तो देते हैं और खाली करते हैं मेरे पास आ जा, जा। फिर मैं गाड़ी उठा चलता हूँ अपनी गाड़ी उठा चलता हूँ पैदल पैदल जाता है गाड़ी उठा के आता दोन भी होर लगाता हूँ ए में और फिर मैं एम लोड करके गाड़ी में बैठ के चल लेता हूँ बंदों को फिर नहीं। और थ्रेडिंग में होते होंगे और इस वाले घर में भी होते हैं हमने इसको मारा भाई बंदा सारी भी नया नहीं रहता है कोई तो बार नहीं उसको किसी ने तेल दिया तो थ्रेडिंग वाले बंदों को तेल लेंगे बस देखते रहिए लास्ट तक तो यार हमारे टीमेट अभी तक भी नहीं, नहीं आए बहुत अलग अलग भागते हैं यार इसीलिए नहीं खेलते इनके साथ क्योंकि दो, दो गोट हैं हमारे में असली वाले एक तो हैं आर पी सी नि और दूसरा है क्या गिलरियस दो वोट थे यार मेरे साथ खेल मतलब खेलते हैं यार इसीलिए यार अपने मन से कर साथ दो ना हमको हमारे अकेले अकेले रात तो मैं आपके लिए दो ही लोग बोलती हूँ इसीलिए दो ही लोग बस हैं अभी देखना नहीं अलाउ मैं बचूँगा भाई है उनका भी शॉर्ट दिखाई इसके लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आखिरी में दो ही लोग बचते हैं भाई हम अल बचते फिर देखिए तीनों लोग नॉक करते हैं दो को तो खिश कर देते हैं जो बोट बताया और आखिरी बचता है तो, तो उसको रिवाब दे देते हैं जो होते हैं यस यस पी नहीं या तो भाई हम यहाँ पे निकलते हैं कि सामने से खाली होती तर तक तर तक तो फिर हम इसको मारते हैं तो बस देखिए गिनेट के लिए जैसे लाइक कर देना ये वाला गिनेट जो है अभी फेंकने वाले हैं इसके लिए यार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार तो भैया देखिए गिन्नेट इसके लिए लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ यार लाइक कर दो ना प्लीज़ एक भाषा मतलब एक तो नीचे आ गया तो दूसरा फेंकेंगे अब दूसरे में दोनों लोग गए भाषा ये, ये दो लोग गए भाई, भाई नाम पढ़ के भाई नाम पढ़े यार तेरी भाई क्या नाम पढ़ के यार तो पहले तो पहले और फिर हम इनको को तो भाई दोनों को फेल के अब इनकी लूट करते हो भाई देखिए दो लोग नाक हुए हमारे दोनों बहुत नॉक हो गए और बच्चे सुबह मतलब पीन इंडिया और मैं और दोनों को फ्री भी कर दिया उन लोगों ने तो वहाँ पर बड़ी नोशों की तीन मारी थी मैंने मारा उनको दोनों को मार दिया एक कल लेकिन यार नोसों की बीमार ही थी इसको भी मारा और भाई इसको भी मारा वेरी पिक देखो यार नौ सौ गया पीछे गया सात साथ सभी कर गया और भाई तीन नंबर देखो भी माफ हो गया इसीलिए यार पाप लालच बुरी बला है दिल नहीं ले मतलब अरे जो भी करो हम इनको यार लास्ट में रिवाज दे देते हैं बस देखते रहिए तो भाई इनको यार माइफिंग बहुत आई आ रही थी कुछ भी वीडियो आपके लिए मैंने के छोड़ दिया क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए यार मेहनत बहुत लगती है यार भैया पहले वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर यार अपलोड करो यार बहुत मेहनत लगती है ये बहुत बनाने में मेहनत लगती है आपको तो मेहनत लगती नहीं होगी आप बटन पे हाथ मारते हो बस हमारी हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है तो वही आप बटन पर हाथ मारो सब्सक्राइब करें बटन पर मारो हाथ जल्दी से आ जाओ मेरी गुस्सा की जल्दी आ जाओ तो भाई तुम लोग आ जाओगे तो हमारे पे फ्रेंड बैठ भेजे हुए तो आप अच्छा छट कर लेंगे यार फ़ोन करेंगे आप लोग हमारे भाई फिर आ जाता है मेरे पास बंदा और बस देखते रहिए क्या होता है हमारे साथ तो यहाँ तो से मैं पूछता हूँ कि हमारा वो आ जाता है कंपनी का फ़ोन भाई कंपनी का फोन फ़ोन आते आते इनको पेलते हैं कंपनी का फ़ोन आ गया यार आते आते तो आते भाई भाई बहुत करता है मेरा तो यार कितना अच्छा वीडियो बन रहा है यार मेरा आप लोग बस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चौदह किलो दे हमारे और भाई जैसे मैं हालत